बस तो नकार आज फिर से हॉस्पिटल उसकी जाँच नहीं थी डॉफ़ी जाँचवा दिखा आज के फिर कैरियर हॉस्पिटल फिर आज के हैं कैरियर हॉस्पिटल तो डॉक्टर ने बोला था ना कि जांचें लिखी थी जांच में तो कुछ निकला नहीं फिर, फिर पूछ एक बार दिखाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि तो देख पा रहे हैं हॉस्पिटल कैरियर पीजी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है परचा तो है एक तो और बनाना पड़ी और बनवाना बड़ी बनवाया था पर्चा बनवाना पड़ेगा ये अभी भैया बता सुधी, सुधी। तो दिया। दिया। हमने मेडिसिन ले ली है तो क्यों बाहर बाहर लिया बाहर लिया अंदर कौन सी चीज़ दिखा दिया है बट डॉक्टर ने बोला है पानी ज्यादा पीना है कम से कम दो तीन साल तब जाके ज्यादा से ज्यादा पानी पीना मेडिसिन ले लेते हैं यहाँ पे तो चलते हैं बाइक में